तो यहाँ पे हमें क्या करना है चार पॉइंट को हमें संख्या रेखा पड़ेंगे चार पॉइंट और चार पॉइंट को आवर्धित करेंगे इस वाले पोर्स यहाँ पे कितना लाने हैं चार पॉइंट ठीक है क्वेश्चन है उत्तरोद्धर आवर्धन करके संख्या रेखा पर तीन को देखिए तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि संख्या रेखा किसे कहते हैं तो संख्या रेखा यहाँ पे आपको दिख रहा है बनाया हुआ है और ये उत्तरोधर आवर्धन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं आप समझिए आवर्धन क्या होती है वो आप देखिए जैसे ये स्केल आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है पंद्रह और सोलह अभी देखिए इसे हम आवर्धन करके देखेंगे यही होती है आवर्धन जूम करने की प्रक्रिया को हम लोग आवर्धन कहते हैं ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो यही हमें करके देखने के लिए बोला है अब अगर देखेंगे तो ये लाइनें कितनी बड़ी बड़ी आपको दिखाई दे रही हैं सो आप देख सकते हैं पंद्रह और सोलह के जो बीच में है ये लाइनें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और आप इसे स्पष्ट रूप से गिन भी सकते हैं जैसे यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो इसे आवर्धन करके आप आराम से गिन भी सकते हैं तो क्वेश्चन में हमें कुछ इसी प्रकार से बनाने हैं सारे के सारे और समझने हैं तो यहाँ पे सबसे पहले किसको देखने के लिए बोला है तीन पॉइंट सात छः पाँच को देखने के लिए बोला है तो उसे हम देखेंगे कैसे तो तीन पॉइंट का हम क्या करेंगे एक संख्या रेखा बना लेंगे तीन से लेकर के हम चार तक संख्या रेखा यहाँ पर बना लिए हैं ताकि इसी के अंदर में जो है सो ये संख्याएं होंगी तो यहाँ पे तीन पॉइंट जीरो तीन पॉइंट एक यहाँ ले लिए हैं और इसी प्रकार से तीन पॉइंट नाइन और चार पॉइंट जीरो ले लिए हैं अब हम देखेंगे ये कि तीन पॉइंट वन सेवन कहाँ पे है तो तीन पॉइंट जो है सो सेवन यहाँ पे है और तो 3.7 पॉइंट सेवन यहाँ पर है ये जो 3.765 है वो किसके अंतर्गत आएगा तो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा मतलब यहाँ पे इसके बीच में ये संख्याएँ होंगी तो क्या करना होगा इसे हमें आवर्धन करना होगा तो आवर्धन जब करेंगे तो हमें इस प्रकार से एक नई संख्या रेखा देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पे है देखिए कुछ इस तरह का अगर संख्या रेखा हमें देखने को मिलेगी जब हम इसे आवर्धन करेंगे इसे जूम करेंगे तो यहाँ पे एक इस तरह का एक हमारे पास संख्या रेखा आएगी जिसमें होगा तीन पॉइंट सेवन जीरो तीन और इसी प्रकार से तीन पॉइंट सेवन तीन ठीक लेकिन अभी भी हमारा जो है सो तीन पॉइंट सेवन सिक्स आया है है ना लेकिन फाइव नहीं आया है तीन पॉइंट सेवन सिक्स कहाँ पर मिलेगा देखिए तीन पॉइंट सेवन सिक्स आ गया है लेकिन हमें कितना लाना है फाइव फाइव अभी हमें नहीं मिला है तो क्या करेंगे तीन पॉइंट सेवन सिक्स और ये फाइव है तो मतलब क्या होगा किसके किसके बीच में होना चाहिए वो हम पहले पता लगाएंगे तो देखिए थ्री है 3.76 है सिक्स सिक्स के बाद क्या आना चाहिए फाइव आना चाहिए यह संख्या जो आएगी वो इसके बीच में आएगी देखिए 3.76, 3.77 इसके बीच में जो है सो फाइव वाला मिलेगा तो हम क्या करेंगे अबर इसको आवर्धन करके देखेंगे जब इसे आवर्धन करेंगे तो हमारे पास एक नई संख्या रेखा आएगी जो कि इस प्रकार से दिखाई देगी हमने यहाँ पर क्या किया है इसे फिर से नोटबुक में बना लिया है अब देखिए जब हम इसे आवर्धन करेंगे इसे जूम करेंगे इस वाले लाइन को तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा सबसे पहले सेवन पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन सिक्स वन थ्री पॉइंट सेवन सिक्स टू और इसी तरह करते करते यहाँ पे आएंगे तो हमें सेवन थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फोर थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव जो कि हमें निकालने के लिए बोला गया था तो यहाँ पर फाइनली ये संख्या जो आपको दिख रही है क्वेश्चन में ये वाली 3.765 वो देखिए यहाँ पे आया है अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा देखिए हमें क्या है ना यही संख्या जो है सो निकालने के लिए बोला गया था और दर्शाने के लिए बोला गया था 3.765 तो यहाँ पे क्या हो गया ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर बस इतना ही हमें करना था और कुछ नहीं करना था बात समझ में आई कि नहीं आई अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न भी सेम उसी तरह है तो यहाँ पे चार दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर चार को देखिए और २६ के ऊपर बार लिखा हुआ है मतलब ये कि २६ २६ जो है सो रिपीट होते रहेंगे तो हमें यहाँ सिंपली क्या करना है बार लिखा हुआ है तो इसका थोड़ा सा हम लिहाज रखेंगे और चार पॉइंट हम यहाँ पर दर्शाएंगे बार का मतलब यही होता है कि इसे आप दो बार रिपीट करके लिखेंगे और भी 26 आ सकते थे लेकिन हमें इतना ही लेना है तो यहाँ पे हमें क्या करना है 4.2626 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है तो सबसे पहले एक संख्या रेखा आप नॉर्मल सा ले लेंगे जिसमें से एक से दस तक का काउंट होगा इसके बाद क्या करेंगे हम देखेंगे ये ये जो 4.2 है मतलब 4 से ज़्यादा है और पाँच से कम है तो 4 से ज़्यादा और 5 से कम है यानी कि इसके और इसके बीच में आ सकता है तो क्या करेंगे 4 और 5 को हम आवर्धन करेंगे आवर्धित करेंगे जब हम इसे आवर्धन करेंगे तो हमारे पास एक नया संख्या रेखा आएगा जो कि इस प्रकार से दिखाई देगा तो हम क्या किए इसको हमने आवर्धन कर लिया आवर्धन करने के बाद हमारे पास जो संख्या रेखा आएगी उसमें नंबर होंगे चार पॉइंट जीरो चार पॉइंट एक चार पॉइंट दो और इसी तरह करते करते चार पॉइंट सेवन चार पॉइंट एट चार पॉइंट नाइन और लास्ट में फाइव हो जाएगा अब ठीक है हमें लाने कितने हैं हमें लाने हैं चार लाने हैं तो यहाँ पर चार आ चुके हैं और चुके सिक्स है तो किसके किसके बीच में होंगे चार और चार पॉइंट थ्री के बीच में जो हो से ये संख्याएं आ सकती हैं तो अबर हम क्या करेंगे चार पॉइंट टू और चार पॉइंट थ्री को आवर्धित करेंगे इस वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे आवर्धित करेंगे तो आइए हम जब इसे आवर्धित करेंगे तो हमारे पास एक नया संख्या रेखा आ जाएगा कुछ इस प्रकार से फिर से हम इसे आवर्धित यहाँ पर कर दे रहे हैं अब देखिए इसे जब हम आवर्धित किए तो हमारे पास क्या आ गया चार पॉइंट टू जीरो चार पॉइंट टू वन चार पॉइंट टू टू चार पॉइंट टू थ्री चार पॉइंट टू फोर इसी तरह करते करते चार पॉइंट टू सेवन चार पॉइंट टू एट चार पॉइंट टू नाइन आ गया हमें लाने कितने हैं चार पॉइंट टू सिक्स लाने हैं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस वाले संख्या रेखा हुआ आपको चार आपको दिखेगा जो कि यहाँ पर है तो चार और चार तो ये जो भी होगा चार और चार पॉइंट टू सेवन के बीच होगा अब हम क्या करेंगे इसको आवर्धित करेंगे इस वाले लाइन को जब हम आवर्धित करेंगे तो हमारे पास फिर से एक नई संख्या रेखा आ जाएगी जो हमने यहाँ पे नीचे पहले से बना रखा है ऐसे और इधर ऐसे तो जब हम इसे आवर्धित करेंगे इसे तो कुछ इस प्रकार से संख्या रेखा दिखेगी जिसमें से संख्याएँ होंगी चार पॉइंट टू बाकी तरह करते करते चार हमें लाने कितने चार लाने हैं तो अबर देखिए चार पॉइंट टू कहाँ पर है तो यहाँ पे है चार और चार जो है सो इसके और इसके बीच में आएंगे तो अबर हम क्या करेंगे इस वाले संख्या को हम आवर्धित करेंगे इस वाले पोर्शन को आवर्धित करेंगे तो आवर्धन जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास एक नई संख्या रेखाएँ निकल आएंगी जो कि इस प्रकार से दिखेंगे और यह संख्या रेखा क्या है लास्ट है तो इसे हम आवर्धन करेंगे कुछ इस प्रकार से और इधर से इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे हमने आवर्धन कर दिया तो ऐसा दिखा अब देखिए यहाँ पे कितने लाने हैं चार पॉइंट दो सिक्स दो सिक्स ठीक है चार पॉइंट टू जीरो टू सिक्स ज़ीरो चार पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स चार पॉइंट छब्बीस चौबीस छब्बीस लाने हैं चार देखिए यहाँ पे है चार पॉइंट छब्बीस छब्बीस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो हमें लाना कितना था चार पॉइंट छब्बीस छब्बीस लाना था तो हमने यहाँ पे चार पॉइंट छब्बीस छब्बीस जो है सो दिखाया है तो यही हो गया आपका क्या आंसर यही हमें दिखाना था तो बेहद ही आसान है थोड़ा सा आपको टाइम लगेगी एक डायग्राम बनाने में वीडियो को पॉज कर लीजिए अच्छे से और इसे आप अपने नोटबुक में अपने हिसाब से नोट कर लीजिए ताकि आप इसे कभी भी खोलेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाए मिलते हैं अगले वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ तब तक के लिए थैंक यू और साथ में बाय बाय